तो भाई अभी भी हम लोग में और मेरा भाई जा रहे हैं एक ए और एटीएम से जो तो पैसे निकालना है फिर उसके बाद शॉपिंग करने जाना है और आज शाम को एक भाई का बर्थडे है वो कौन है महाराष्ट्र युवा महाराष्ट्र युवा फाउंडेशन करके कोई ये और उनका बर्थडे उस उधर, उधर भी जाना है तो उधर के लिए भी कुछ लेना पड़ेगा तो चलते फटाफट फड़ से वहाँ पर ए टी और पैसे निकालते फिर मिलते आपसे होगा इस फाइनली हम लोग आ गए और अभी एटीएम से पैसे निकालने और कितना निकालने कुछ आइडिया नहीं है मतलब उसने पूछा ही नहीं घर से सिर्फ एटीएम कार्ड ले लिया और पूछा ही नहीं और अभी उस कैंसिल कर रहा है वापस से अभी फ़ोन करना है और मेरे फ़ोन से करेगा जिस ब्लॉग जिस फ़ोन से मैं ब्लॉग शूट कर रहा इसी फ़ोन से वेगा फ़ोन और, और ये वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो है मैंने क्या है वीडियो बनाया था वीडियो में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी इसलिए वॉइस ओवर कर दिया मैंने सोचा वॉइस ओवर करना बेस्ट रहेगा तो और कल का वीडियो कुछ खास नहीं या रिस्पांस तो उस पर अच्छा खासा प्यार दिखाओ जल्दी से जैसे लास्ट वाले ब्लॉग पे आप दिखाए थे तीन दिन पहले वही वाला प्यार आपका फिर से चाहिए मुझे तो आई होप समझ रहे हो तो इस बर्थडे ये भाई जो वाइट वाले फ़ोन चला रहे ना इनका बड्डे और इनको इनको साफ फ़ोटो खिंचाते फिर निकलते यहाँ से दो करेगा ये वाला एक्सरसाइज समझ सकते हो चला कौन है उठाइले